डॉक्टर साहब बहुत पतली पतली दस्ते लग रही है कितनी पतली दस्ते लग रही है बहुत ज्यादा पतली फिर भी कितनी पतली इतनी पतली की आप कुल्ला कर सकते हैं